तन तो मिले खातिर हजल जान खेत खाली तनि मिले तो खातिर हाज जान खेत खल हनिया सपना पूरा ज सपना पूरा जइ चढ़ल जबनिया ने ती तो मिले खातिर आज जान खेत खल में बचपन से संगे हमलु पढ़ाई अब हमारा हम सहे करूँ लड़ाई बचपन से संगे हमराू पढ़ाई अब हमारा सगे काहे करलू लड़ाई का हे पागल बनालू तू नदी दीवाना के तन तो मिले खातिर आ आज जान खेत खलिहनिया में तन तो मिले खातिर आज जान खेत खलिहनिया में जया होई शादी हम मर जाए सच कोहतानी फसरी लगाए।, लगाए जैया होई शादी हम मर जाए सच को ते फसरी लगाए रोहित सौ तीस के दे के दगा जनी राधे भी जइ तनी तो मिले खातिर आज जान खेत खोलहनिया में तनि तो मिले खातिर आज जान खेत खोलिया में